राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए कई प्रकरणों का आसानी से निपटारा होता है कम समय में अधिक केसों का निराकरण होता है इस वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का आज आखिरी दिन है इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबारा सिंह ने कहा कि लोक अदालतों में परिवारों के मैटर का निपटारा होता है जो की बड़ी उपलब्धि है न्यायालयों में वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय भोपाल सिविल न्यायालय बरसिया सहित श्रम न्यायालयों और पुलिस परामर्श केंद्रों में हो रही है नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण जैसे दुर्घटना मुआवजा केस दीवानी प्रकरण विद्युत प्रकरण चेक अनादरण के मामले पारिवारिक विवाद भू संबंधी विवाद श्रम प्रकरण राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण सेवा संबंधी मामले जिला न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्री लेटिगेशन मामले आदि को आपसी समझौते के माध्यम से करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी तरह नगर निगम द्वारा भी संपत्ति कर जल कर आदि के संबंध में न्यायालयों में चल रही प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में विशेष छूट दी जा रही है इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल की गिरिबाला सिंह ने कहा कि यह इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है लोक अदालत में 61 बेंचेसेस हैं 48 रेगुलर सिविल कोर्ट के साथ ही फैमिली और लेबर कोर्ट भी हैं। उन्होंने कहा लोक अदालतों से समय संसाधन बचता है इसमें प्रकरण के निराकरण के बाद अपील का प्रावधान नहीं है लोक अदालतों में कई तरह के प्रकरणों का हल निकलता है आपसी भाईचारा बढ़ता है इस मौके पर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा केस नगर निगम के विवाद के होते हैं लोक अदालतों में परिवार का मैटर निपटता है जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत है पिछले तीन बार भोपाल अग्रणी रहा है पूरे प्रदेश भर में और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के स्नेह और लोगों के विश्वास से हम फिर भी सबसे अधिक मैटर्स को निपटाएंगे। लोक अदालत की हमारी 61 बेंचेस हैं जिसमें 48 रेगुलर सिविल कोर्ट की है, बा कुछ चार फैमिली कोर्ट की हैं कुछ लेबर कोर्ट की हैं प्रीलिटिगेशन की बेंच है और लगभग हमारे टोटल जो मैटर्स 48,000 करीब प्री लिटिगेशन के रखे गए तेईस हज़ार करीब कोर्ट रेफर्ट मैटर्स हैं बहुत सारा अथक प्रयास हुआ है और मैं देखती हूँ कि पक्षकारों ने बहुत गर्म जोशी से अंगीकृत किया है प्रीलिटिगेशन प्री, प्री सेटलमेंट में भी इससे समय बचता है संसाधन बचता है अपील का कोई प्रावधान नहीं है और फाइनैलिटी होती है तो सभिनभिन्न सोल्यूशन सभी के लिए जीत की स्थिति निर्मित होती है कोर्ट फीस की भी वापसी होती है और परस्पर भाईचारा और सामंजस्य भी समाज में निर्मित होता है इसी देखिए वैसे संख्यात्मक रूप से देखें तो हम ये जो नगर निगम के विवाद हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो प्रीलिटिगेशन में है, रहते हैं यदि इनको प्रीलिटिगेशन में नहीं सेटल किया जाता तो फुल फ्लैज कोर्ट में आते एक विवाद की स्थिति को लेकर इनके सेंटिमेंट हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को बहुत राहत मिलती है लेकिन जो बहुत विषय है समाज की तो का, का तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में प्रदर्शनी से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल गिरिवाला सिंह के साथ